लो बारिश आ गई तुमसे मिलने की गुजारिश आ गई माना रोश मिलते हैं तुमसे माना रोश मिलते हैं तुमसे मगर बारिश के प्यार की फरमाइश आ गई